हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एस इन दिस चैनल वी आर गोइंग टू लर्न नाउ लर्न ऑल यूनियन टेरीटरीज ऑफ इंडिया इन ऑनली फाइव मिनट्स पाँच मिनट में हम सब यूनियन टेरीटरीज आज सीखने वाले तो चैनल आपको ये चैनल में सब कुछ समझ में आया है तो सब्सक्राइब और एक लाइक कीजिए तो लेट एस स्टार्ट पहले यूनियन टेरीटरीज आप हमारे 2021 से पहले उसके बाद पहले से सेवन यूनियन टेरीटरीज़ थे अभी एट यूनियन टेरीटरीज हो गए तो इंडिया में फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ये है इसका फुल ड्राॅइंग ऑफ अंदमान अंदा एंड निकोबार आइस लैंड और निकोबार आइस लैंड साउथन पार्ट में मतलब डाउन पार्ट ये आपका साउथ पार्ट है ये आपका सॉरी नॉर्थ पार्ट है ये आपके दो पार्ट से और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट पार्ट होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे तो लेटेस्ट गो ऑन सेकेंड यूनियन टेड अंदा एंड निकोबार आप याद कैसे रख सकते हैं तो फर्स्ट इसकी ट्रिक है अंदो ए से आंधा निकोबार जा रहा है मतलब अंधा निकोबार जा रहा है अंदमा अंधा निकोबार जा रहा है तो अंदमा अंधा कहा जा रहा है निकोबार को जा रहा है तो ये इस इस तरीके से आप या, याद रख सकते हैं आंधे को अंदमान बोलते हैं निकोबार जा रहा है जा कहा रहा है नीचे मतलब साउथ पार्ट में समझना है तो टू लेटस मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट यूनियन टेरीटरीज़ ऑफ इंडिया इज़ चंडीगढ़ अब चंडीगढ़ चंडीगढ़ यूनियन टेरीटेज़ में टू नंबर में आता है तो फर्स्ट चंडीगढ़ में ये चंडीगढ़ जो है याद कर कैसे रख सकते हैं तो चांद चांद चाँद मतलब चाँद से हम चंडीगढ़ याद रख सकते हैं चाँद जो रात में चाँद होता है उस चाँद से हम याद रख सकते हैं चंडीगढ़ ओके तो चंडीगढ़ कैसे याद रखना है वो मालूम हुआ फर्स्ट हम अंडमान और निकोबार कैसे याद रखना है वो जाने तो अंदमा अंदा से निक अंदम अंदमान और निकोबार जा रहा है कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड तो साउथ पोर्शन में ओके और चंडीगढ़ चंडीगढ़ में कैसे चंडीगढ़ को याद कैसे रख सकते हैं अंदाज निकोबार जा रहा है कब जा रहा है रात में मतलब चांद तो चाँद को सेकेंड नंबर का किया है चंडीगढ़ ओके तो लेटेस्ट मूव ऑन थर्ड निको आइसलैंड निकोबार ऑफ अवर इंडिया थर्ड है धारा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड धीव ये तो बहुत बड़ा है अब इसको याद कैसे रख सकते हैं तो उसकी एक ट्रिक है धारा धारा मतलब जो पानी होती है पाना पानी मतलब जल में जो जल पानी होता है वो उसकी जो लाइन्स होती है उसको धारा बोला जाता है धारा इन मराठी तो धारा और ये आप किसी एक लड़की का और लड़की का नाम भी याद कर सकते हैं धारा धारा नागर धारा एंड नागर हवेली धारा की हवेली है मतलब धारा की जो हवेली है वो दामन के पास दीय में है जो धारा की हवेली है वो किसके पास है नाग, नागर हवेली है धारा की नागर हवेली है वो किसके पास है दामन के पास है वो है दीव में ऐसे आप याद रख सकते हैं धारा एंड नागर हवेली एंड दामन दीव तो आप आएंगे दिल्ली दिल्ली तो आप सबको मालूम है तो दिल्ली को भी एक याद रखने का एक उसका है वो एक चैन तो दिल्ली दिल्ली को हम याद कैसे रख सकते हैं दे दे और ली यच कट कर देना है हमको यच अभी तक कट कर देना है सिर्फ़ दे और ली दे ऐसे ली। हम दिल्ली को याद सक याद रख सकते दे को डे लिख सकते और ली को लाना मतलब दिल्ली ऐसे आप यूनियन टेरीटरीज को याद रख सकते हैं वो है दिल्ली पहले हम पहले हमने देखा था अंदमान और निकोबार अंदमान मैं आपको बार बार इस क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको वीडियो च, वीडियो के चलते समय ही याद हो जाए उस मैं आपको बार बार ये रिवाइज करके बोल रही हूँ तो फर्स्ट था अंडमान और निकोबार अंडमान और निकोबार में आंधा जो वो है वो अंधा वो है वो निकोबार जा रहा है वो कहा किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो साउथ डायरेक्शन में आंधा वो है जो निकोबार जा रहा है साउथ डायरेक्शन में तो ये ऐसे हमने फर्स्ट याद रखा था अंदमान और निकोबार सेकंड सेकंड हमारा था चंडीगढ़ चंडीगढ़ कैसे याद रखते थे हम चंडीगढ़ चांद से याद रखते थे तो चंडीगढ़ हो गया तो थर्ड वन दामन धारा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दी। दीओ धारा को एक लड़के का नाम है लड़की का नाम धारा की जो हवेली है वो कौन सी हवेली है नागर हवेली जो है वो दामन दामन के पास से दियो में दामन एक लड़के का नाम है मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं दामन जो दियो के पास है तो दिल्ली डेली को आप डेली डेली डेली मतलब रोज ये इस तरह से भी आप दिल्ली को याद रख सकते हैं तो कि जम आप आएगा फिफ्थ वन जम्मू और जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर आप याद रख सकते हैं जैसे कि जामुन जामुन एंड काश जामुन कैसे जामुन जामुन जो आप खाते हो जामुन और काश ऐसे आप जम्मू एंड कश्मीर तो याद रख याद रख सकते हैं नहीं तो आप या भी याद रख सकते हैं जो इंडिया का पार्ट है अपर पार्ट वो कैसा है अपर पार्ट तो किसी को भी मालूम होगा अपर पार्ट ये एस देखो ऐसा होता है ऐसा करके ऐसा होता है और यहाँ पे ये देखो ये इंडिया का पार्ट शॉर्ट में मैंने डाला है तो अपर पार्ट जो है वो किसका है जम्मू एंड कश्मीर का है ओके तो ऐसे भी आप अपर पार्ट बोल के और तो जम्मू और कश्मीर याद, याद, याद रख सकते हैं तो सेकंड जामुन जम्मू और कश्मीर को याद किस रख सकते हैं हम जामुन एंड काश से आप याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं जम्मू और कश्मीर को सेकंड सिक्स्थ वन आता है हमारा लड़ाख लड़ाक में लड़ाई चल रही थी उसको अब याद रख सकते हैं लड़ाख बोल के लड़ाई चल रही थी आंधा जब निकोबार आया था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब अंदामन और निकोबार साउथ में है और उसके बाद वो रात में चांद निकला था वो चंडीगढ़ चंडीगढ़ के बाद वो कहा गया था चंद चाँद के बाद मतलब चांद निकलने के बाद वो गया था दामन धारा एंड नागर हवेली एंड दामन दियू के पास मतलब उसने पूछा था कि धारा नागर हवेली दामन एंड दियू के पास है ऐसे और दिल्ली फिर वो बोले कि दिल्ली में तो जम्मू जामुन उन्होंने खाने को आंधे को क्या दिए जामुन और काश तुम यार हो बोल के ऐसे बोले उन्होंने तो क्या बोले जामुन एंड काश मतलब जम्मू जम्मू एंड कश्मीर आप लड़ाक में तभी उनकी लड़ाई हो गई जामुन मद्दो बोल के उसलिए लड़ाई लड़ाई मतलब कि लड़ाक समझ में आए तो सेकेंड सेवंथ वन है लक्ष्यद्वीप लक्षद्वीप ये आइसलैंड भी है लक्ष्यद्वीप ये हमारा इंडिया का आइसलैंड भी है ओके तो जो लडाख सॉरी लक्ष्यद्वीप लक्ष्यद्वीप लक्ष्यद्वीप आइलैंड मतलब ध्यान दो मतलब लक्ष्य लक्ष्य ध्यान मतलब लक्ष्य मत उससे आप या, याद रख सकते हैं लक्ष्यद्वीप आइसलैंड ओके और लास्ट में पुदुचेरी अब पुदुचेरी बहुत आसान है याद रखने को वो है चेरी चेरी के नाम से आप पुदु याद रख सकते पुदुचेरी पुदुचेरी का डायग्राम ये है आप ऐसे भी याद रख याद रख सकते हैं तो आ, हमारे ट्रिक हमारे इस चैनल हमारा ये चैनल हमने सिर्फ दो दिन पहले निकाला था आप पहले इसमें हमने मैप मैप के स्टेट्स मैप इंडियन मैप में जो स्टेट्स लोकेटेड है उसके शॉर्ट नोट डाले थे पर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो वीडियो आधा ही आया तो यूनियन टेरिटरीज आपको कैसे लगे वो हमको कमेंट करके बताएं और एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कीजिए तो आइसलैंड सॉरी यूनियन टेरीटेज़ में अंदमान निकोबार का ये डायग्राम है याद रख सकते हो और चंडीगढ़ का ये डायग्राम है फ़ोर रोड्स सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन एट रोड्स एट रोड्स के इस फिगर में आप चंडीगढ़ भी याद रख सकते फिर थर्ड वन धारा एंड नागर हवेली अंडामन एंड दीव आप हवेली हवेली है, हवेली है। तो इस तरह से भी आप तहारा नागर हवेली एंड दामन दियो याद रख सकते और आप आता है दिल्ली दिल्ली दिल्ली को आप गए होंगे तो ये आपने एंट्री गेट देखा होगा तो इस तरह से आप दिल्ली को याद रख सकते पिक्चर को और जम्मू एंड कश्मीर में झाड़ियाँ बहुत रहती तो उसके वजह से हम जम्मू एंड कश्मीर मतलब जामुन वहाँ पर मिलते झाड़ियाँ आई तो उसमें जामुन भी होंगे तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं लड़ाख में लड़ाई हो हो रही थी उस वहां पे पत्थर भूत उन्होंने डाले थे उस लिए आप लड़ाख में लड़ाई हो रही थी और पत्थर उन्होंने डाले थे उस आप लड़ाख भी ऐसे ही नाम याद रख सकते हो लक्षद्वीप में जो ध्यान दे ध्यान दे जिसने ये एक सुंदर सा लक्ष्यद्वीप आइसलैंड बनाया है उसको आप इस पिक्चर से ध्यान रख सकते हैं और लक्षद्वीप नाम से याद रख सकते हैं और एट वन पुदुचेरी पुदुचेरी में पानी बोते और इसमें झाड़ियाँ भी बोते और सिटी भी अच्छी है तो वहाँ पे तो चेरी तो मिलती होंगी तो पुदुचेरी इस नाम से आप याद रख सकते हैं तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए तो थैंक यू आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ थैंक यू अगले वीडियो में हम मिलेंगे थैंक